माँ के सिवा कहीं दिल ना लगाना नहीं तो पड़ेगा तुझको नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना माँ के सिवा कहीं दिल ना लगाना माँ के सिवा कहीं दिलना लगाना जो माँ का गुन गने किया है सैचा जीवन वहीं जिया है जो माँ का गुण गाने किया है सहचा जीवन वहीं जिया है सहचा जीवन वहीं जिया है सुमिरन के बल से तुझको सुमिरन के बल से तुझको मुफी है पाना माँ के शिवा कहीं भी लेना लगाना माँ के शिवा कहीं भी लेना लगा अब तो जवा है बीत गया अब समय कहाँ है बल बन गया आज जवान है बीत गया अब समय कहाँ है बीत गया अब समय कहाँ है सोच समय दे मा के वक्त गमाना माँ के सिवा कहीं ना लगाना मां के सिवा कहीं दिल ना लगाना नहीं तो पड़ेगा तुझको नहीं तो पड़ेगा तुझको आ तू बहाना माँ के सिवा कहीं दिल दिलना लगाना साथ जाए ना पैसा खजाना ओ, ओ, ओ, ओ आया है जहा वही फिर है जाना वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना वहाँ साथ जाए ना पैसा खजाना पूछे जा दो तो क्या तो के तो क्या करोगे बहाना माँ के शिवा कहीं दिलना लगाना माँ के शिवा कहीं दिलना लगाना नहीं तो पड़ेगा तुमको नहीं तो पड़ेगा तुमको हाँ तो बहाना लगा माटे सिवा दिल ना लगाना